मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं तथा नौ वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ कर्क राशि के जातकों कैरियर राशिफल 2020 क्या कुछ कहता है कैरियर के मामले में ये साल आखिर में आपके लिए क्या कुछ नया लेकर के आया है साथ ही साथ 2020 को करियर के मामले में आप कैसे शुभ बनाएं, कैसे प्रभावी बनाएं? आज हमारी चर्चा का यह विषय रहेगा तो अंत तक दर्शकों बने रहिएगा उपाय भी बताएंगे तो प्लीज इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा अन्यथा आपकी ही हानि होगी तो चलिए दर्शकों अधिक समय न लेते हुए तुरंत अब हम आगे बढ़ते हैं तो करियर राशिफल 2020 के अनुसार इस वर्ष आपको सफलता मिलने के बहुत बड़े बड़े आसार नज़र आ रहे हैं जो जातक अब आप लोग सुनिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा इसीलिए बोले हैं ना वीडियो को स्किप मत करिए तो जो जातक सैन्य सेवाओं से इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से विज्ञान से मीडिया से सिनेमा से हार्डवेयर आदि क्षेत्रों में रुचि रखते हैं उनके लिए ये वर्ष अपने कैरियर को चमकाने वाला वर्ष रहने वाला है इस वर्ष आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है मतलब यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं यूपीपीएससी क्रैक कर सकते हैं स्टेट सर्विस के एग्जाम क्रैक कर सकते हैं सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करने वाले जातकों के लिए यह वर्ष उपलब्धियों भरा रहने वाला है वन वर्ल्ड में अगर हम कहें तो अवसम मतलब डंका बजाएंगे आपकी सफलता के डंके बजेंगे कर्क राशि के जातकों अब ये आप जान जाइए इस वर्ष आपको अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के तमाम प्लेटफॉर्म मिलेंगे तमाम नए अवसर मिलेंगे हालांकि सफलता आपके कदम तभी चूमेगी देखिए इसमें भी हालांकि लग गया जब उस उस और आपको कदम उठाना रहेगा और सार्थक कदम उठाना रहेगा अब ये नहीं कि हमने आपको बता दिया कि जो है आपको सफल होना जो है सफलता मिलेगी तो आप गए रजाई ओढ़ कर चद्दर ओढ़ करके ए सी करके सो गए ऐसे नहीं मिलती है देखिए कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा जो भाग्य होता ही आपका आपको तभी सपोर्ट करेगा बैठे बिठाए कुछ हासिल होने वाला नहीं है लेकिन भाग्य साथ देगा आप थोड़ी से थोड़ा सा प्रयास करेंगे सफल हो जाएंगे इस वर्ष कर्क राशि के जातकों को मेहनत के अनुसार ही उनको परिणाम भी मिलेंगे विशेषकर कैरियर के मामलों में इस... कर्क राशि के जातकों इस वर्ष आपको अपनी मेहनत के अनुसार ही परिणाम देखिए मिलेंगे विशेषकर कैरियर के मामलों में तो मेहनत करने से पीछे मत हटिएगा अतीत में पिछले साल जो भी कुछ हुआ है उसको भूल करके एक नई शुरुआत करिए आपने जो कड़ी मेहनत की थी उसका फल इस समय अब आपको मिलेगा जो लोग सिनेमा से व स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जातक हैं उनके लिए विदेशों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का समय रहेगा आपको वहाँ पर आयोजित होने वाले इवेंट या खेलों में अच्छा लाभ मिलेगा जो जातक खिलाड़ी हैं जो लोग जो है ओलंपिक इत्यादि में भाग लेंगे उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा सूचना तकनीकी इंजीनियरिंग मीडिया एक्टिंग पॉलिटिक्स फील्ड आदि में भी जो जातक हैं प्रोफेशनल खोर्स में यदि दाखिले के इच्छुक हैं उन्हें भी अपने मनपसंद संस्थान में प्रवेश मिल सकता है कर्क कर राशि के जातकों एक बात और बताना चाहेंगे यदि आप अपने नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं अपने पैसे से संतुष्ट नहीं हैं या अपनी तरक्की से संतुष्ट नहीं हैं, आपको लगता है कि आ, आपका विकास अवरुद्ध हो रहा है तो वर्ष की शुरुआती कुछ समय के पश्चात ही इसमें बदलाव आपको दिखना शुरू हो जाएगा कोई बेहतर ऑफ़र से भी आपको जो है कोई बेहतर ऑफ़र आपको कहीं से भी आ सकता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी जो व्यवसायी जातक अभी अभी अपने जो है व्यवसाय में उतार चढ़ाव से परेशान रहे हैं उनके लिए भी बिजनेस में एक स्थिरता बनने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं विशेषकर मार्च के बाद से लेकर के मई के लगभग मध्य तक का जो समय रहेगा काफ़ी अच्छा रहेगा हालात उनके अनुकूल रहेंगे कर्क राशि के जात को एक चीज़ हम आप लोगों को और बता दें यदि आप अपने नौकरी को शानदार बनाना चाहते हैं और उसमें प्रगति देखना चाहते हैं तो अपने सहकर्मियों से अच्छे संबंध बनाना स्टार्ट कर दीजिए बॉस की अपेक्षाओं पर आप लोग खड़े उतरें उनसे कुछ जो है तो तुमय ना करिए नौकरी को केवल नौकरी की तरह ही ना समझे बल्कि इसे अपना पैसन समझे आप लोग उसमें अपना सर्वस्व न्यौछावर करें मई के लगभग मध्य से लेकर के सितंबर के मध्य तक आपको थोड़ा सा सचेत रहना होगा इस समय आपको करियर में मिले जुले परिणाम ही मिलेंगे कहीं से अच्छी खबर मिलेगी तो कहीं से आपको बुरी खबर भी मिलेगी कामकाज में बाधाओं का भी सामना करना पड़ सकता है जो लोग सरकारी क्षेत्र से हैं और कोई अनैतिक ढंग से पैसा कमाते हैं तो उनको सस्पेंड होने के भी जो है योग दिखाई पड़ रहे हैं हालांकि कठिन समय में परिजनों का सहयोग आपके मनोबलों को बढ़ाएगा सितंबर में पुनः आपके लिए हालात अनुकूल होने लगेंगे ये जो सितंबर का समय रहेगा सितंबर के जो है अंतिम समय जो है कार्य क्षेत्र में लाभ का समय रहेगा कामकाज के संबंधी यात्राएँ आपके सफल रहने के आसार रहेंगे जो जा लंबे समय से विदेश जाने के इच्छुक हैं उनकी तमन्ना भी इस दौरान देखिए पूरी होती हुई दिखाई पड़ रही है कुल मिलाकर के अगर एक शब्द की हम बात करें कि कर्क राशि के जातकों के लिए वर्षफल 2020 कैसा रहेगा तो कैरियर के मामले में एक उन्नति दिलाने वाला वर्ष रहेगा जो चीज 2019 में कर्क राशि के जातकों को नहीं मिली थी 2020 इनको देगा ही देगा तो दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे उपाय की ओर अब बढ़ते हैं लेकिन उपाय से पहले आप लोगों को जो है आप लोगों सोचते होंगे कि उपाय के क्या आवश्यकता है जिस प्रकार आपके शरीर में कोई व्याधि हो जाती है सपोज करिए आपके दांतों में प्रॉब्लम आ गई आप क्या करते हैं अब बैठ के दर्द तो बर्दाश्त करते नहीं हैं डेंटिस्ट के पास सीधा सा जाते हैं या आपके आँखों में कोई प्रॉब्लम आ गई क्या करते हैं आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो जब भाग्य में कोई रुकावट होती है कोई बाधा होती है तो आप लोग क्या करेंगे आप लोगों को ज्योतिषी के पास जाना चाहिए आप लोग कह रहे हैं कि पंडित जी ने इतना सब कुछ बता दिया सब कुछ अच्छा होगा तो क्या जरूरत है इनके पास जाने की देखिए दर्शकों कुछ ये जो राशिफल है ना ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और दूसरा कर्क राशि कोई आपकी ही नहीं है करोड़ों लोगों की राशि है यहाँ पर करोड़ों लोग इस वीडियो को देखेंगे लेकिन आपके जन्म के समय ग्रह नक्षत्र सितारे क्या थे कहा बैठे थे वास्तव में अभी आपके जीवन में क्या चल रहा है ये सब चीज़ें इससे नहीं पता चलेगी इसके लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से करवाना होगा और किसी योग्य ज्योतिषी से करवाना होगा तो दर्शकों यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लें वास्तु की स्थितियों का पता रहेगा क्योंकि तमाम लोग इसमें कमेंट करेंगे पंडित जी ये चीज़ हमारे साथ 2019 में नहीं हो रही है या दो में नहीं हो रही हो सकता है उनके और भी कोई ग्रह जो है बाधक बने हो सब डिविजनल चार्ट में कर्म के भाव कहाँ चले गए हैं लग्न चार्ट में कर्म के भाव की स्थिति क्या है कोई ग्रहण इत्यादि तो नहीं लगा हुआ है और जो उपाय बताएंगे ये आप कर लीजिएगा लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से अलग उपाय हैं फिफ्थ हाउस के अलग उपाय होते हैं नाइन्थ के अलग होते हैं टेंथ के अलग होते हैं सब डिविजनल चार्टर्स के अलग उपाय होते हैं वास्तु के उपाय अलग होते हैं तो ये एक वीडियो में बताना संभव नहीं है तो आप लोग अपनी कुंडली का विशेषा करवा सकते हैं दूसरा दर्शकों बताना चाहेंगे जो मकार ज्योतिषी हैं लगभग 90 परसेंट फेंक है उनसे आपको सावधान रहना क्योंकि हमारे पास फोन भी आते हैं कि पंडित जी उन्होंने हमसे बीस हजार तीस हज़ार पचास हज़ार पूजा के नाम पे ले लिए कोई फायदा नहीं है तो भाई वो आपसे पैसा मांगने तो गए नहीं थे आप ही ने उनको फ़ोन किया था आप ही ने ये चीज़ कहा था बस आपने व्यक्ति को पहचाना नहीं तो ऐसे लोगों से आपको जो है बचकर रहना होगा क्योंकि ये जो धूम्र केतु चल रहे हैं ना ज्योतिषी लोग नब्बे परसेंट पर फेक हैं देखिए दर्शकों ज्योतिष विद्या जो है ये बिल्कुल सही है ज्योतिषी नहीं सही होते हैं कलयुग है तो कलयुग का प्रभाव तो उनके ऊपर भी रहेगा तो दर्शकों ऐसे नकालों से सावधान रहिएगा ऐसे चोर उचक्कों से सावधान रहिएगा उपाय की ओर चलते हैं कि कर्क राशि के जातकों उपाय क्या करना रहेगा देखिए सबसे पहले आपको करना यह रहेगा कि प्रतिदिन आप लोगों को यह गाठ बांध लेना है कि केसर का तिलक मस्तक जिब्भा नाभी पर आपको लगाना ही लगाना है दूसरा दर्शकों बुधवार वाले दिन जो कर्क राशि के जातक हैं विष्णु सहस नाम का पाठ करें यकीन मानिए दर्शकों आपके जीवन में इतने अच्छे अच्छे जो है बदलाव आना शुरू हो जाएंगे आपने कल्पना नहीं की होगी अब आप कहेंगे गुरु जी क्या हम सुन सकते हैं तो देखिए यदि आपको संस्कृत नहीं आती है, तो आप सुनिए लेकिन सीखिए उसको उसको पढ़िए तमाम ऐसे जो है यूट्यूब पर ही विष्णु सहस्त्र नाम है जो कि आप पढ़ सकते हैं और बोल भी सकते हैं तो इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा तीसरा आपको करना क्या रहेगा बृहस्पतवार वाले दिन एक देसी घी का दीपक हर बृहस्पतिवार को ये करना रहेगा तुलसी जी का पौधा आपके घर में लगा होगा चौमुखी दीपक जलाइएगा चौमुखी मतलब एक दीपक में चार रुई की बत्ती होगी और उसको आपको शाम के समय जलाकर रखना रहेगा एक अंतिम उपाय हम आपको बता रहे हैं जिस दिन शनिश्चरी अमावस्या हो तो आपका जितना वजन हो उसके वजन का दस पालक मतलब लगभग अगर आपका वजन 100 किलो है तो 10 किलो पालक आपको लेनी रहेगी और 10 किलो पालक में काला नमक मिक्स करके आपको शनिश्चरी अमावस्या के दिन गाय को खिलाना होगा आप लोग रिमाइंडर जरूर लगा लीजिएगा तो इतने से उपाय कर्क कर राशि के जातक यदि आप करते हैं तो यकीन मानिए 2020 में जो चीज़ हो रही वो तो होगी ही लेकिन इससे भी बेहतर चीज़ें होंगी ये बिल्कुल तय है ये बिल्कुल फेक्ट है कर्क राशि के जात को वार्षिक राशिफल 2020 हमारे चैनल पर पड़ा है आप लोग जाकर के देख सकते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार राशिफल भी हमारे चैनल पर पड़ा है भविष्यवाड़ी के से हमारी बैटिंग चल रही है के मामलों में आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं जो लोग सक्सेस होते हैं हमसे आकर के जुड़ते हैं भागीरथ श्रृंखला हमारे चैनल के प्ले में जाइए ग्रहों का गोचर व राशि परिवर्तन हर चीज से रिलेटेड हमने आपको वीडियो बनवा दिया है कर्क राशि और किस्मत की चाभी धन कमाने का उपाय वो भी बना हुआ आप लोग जा करके बस देखिए दैनिक राशिफल के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बगल में बना बेल आइकन जो है दबा सकते हैं क्योंकि दर्शकों होता ये हम आपको बताएं कि जब भी समय मिलता है हम लाइव आते हैं और फ्री कुंडली देखने लगते हैं तो वहां पर कोई पैसा नहीं पड़ता आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए और अपनी कुंडली का विश्लेषण यदि हमसे करवाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है किसी और से चा करवाना चाहते हैं तो जाके बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं करवा सकते हैं कैसा लगा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए और कमेंट में प्लीज हाथ जोड़ निवेदन है कि जय श्री राम आप लोग जरूर लिखिए जय श्री राम से जो कर्क राशि का राशिफल चल रहा है ना ये कमेंट बॉक्स में जब भी कोई खोले ना तो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम हर तरफ राम ही राम है तो आप भी जय श्री राम का उद्घोष जरूर कीजिए दर्शकों जाते जाते नौ वर्ष की अनंत शुभकामनाओं के साथ आपको छोड़े जाते हैं जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय